वेलकम टू द दोहाई डिपो उत्तर प्रदेश इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आपको बता दो ये रैपिड रेल वन एट्टी किलोमीटर की रफ्तार से ये दौड़ेगी और यह 17 किलोमीटर के पार्ट में ये चलाई जानी है दोस्तों आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा मार्च में ये साहिबाबाद से लेकर के बीच में चलाई जाएगी दोस्तों और इसकी जो रफ्तार होगी वो वन एट्टी किलोमीटर की रफ्तार से ये दौड़ने वाली है मार्च में दोस्तों चार चार रेपिड रेल लाई गई है गुजरात के साम्बली से दोस्तों so, कैसे करता हूँ दोस्तों तो देख सकते हो आज आप सभी को मैं दिखाने वाला हूं दोस्तों दोहाई डिपो के दोहाई डिपो में कितना कुछ वर्क चल रहा है और देख सकते हैं ये ट्रैक स्लेब यहां पर रखे हुए हैं और यहां से ये यह उठा उठा कर ले जा रहे हैं ट्रैक पर बिछाने के लिए ऊपर और आपको बता दो दोस्तों कि ये मोदी नगर की साइड में अभी ट्रैक बिछाया जा रहा है मुरादनगर मोदी नगर की साइड में तो जगह ही नहीं है शायद चलो मैं घूम के चलता हूँ चलो आगे चल के देखते हैं जगह है या नहीं है फिर पता चलेगा देखो ये ट्रक ही ट्रक यहाँ पर लगे हुए हैं दोस्तों तो यहाँ पर ये जगह नहीं छोड़ी इन्होने बिल्कुल भी ठीक है तो चलते है वापसी उधर से आएंगे हम देखो कुछ ये सीन है यहाँ का में ही ट्रैक देखने के लिए मिलेंगे और ये वाला ट्रैक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों और इस पे ट्रायल रन चल रहा है अभी रैपिड रेल का तस्वीरें तो देख सकते हो आप सभी देखो पे ये ट्रक खड़ा हुआ था दोस्तों इस वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तब तो मैं दूसरी रोड पर आ चुका हूँ चलते दिखाते हैं चल के आप सभी को दोहाई डिपो में क्या वर्किंग चल रही है अभी, अभी यहाँ पर जो ट्रैक बिछाने का काम है वो किया जा रहा है तेजी के साथ में तस्वीरें देख सकते हो आप सभी ये देखो ये वायरिंग बिछाई जा रही है दोस्तों वायरिंग ये देखो पर यहाँ पर सारा कुछ बन के कम्प्लीट हो चुका है गाइस तो हम चलते हैं घूम ये देखो दोस्तों ये है कुछ वर्क चल रहा है हम भी तेजी के साथ और ये है दुबई डिपो का स्टेशन आरआरटीएस का गाइस आपको बताते हैं यहाँ पर यह बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है बन के और इस पर ट्रैक स्लेब इसके जो प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोरस हैं वो भी बन के यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं और देख सकते हैं स्टेयर भी बना दिया जा जा चुका है और इस पर जो स्टेयर का वो रूफ टॉप का, का काम है वो किया जाना है दोस्तों कंपनी देख सकते ये लगी हुई है देखो ये न ये देखो टीम लगी हुई है यहाँ पे और इसको ये रूफ टॉप का ही काम किया जा रहा है अभी इस टाइम पे इसके आपको बता दो इस पर जो इसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाया गया है उस पर देख सकते हैं ये रूफ टॉप का काम किया जाना है दोस्तों और इधर जैसे सी भी चल रहा है और देखो किस तरीके से तो ये लगे हुए है टीम एन की टीम लगी हुई है तेजी के साथ में दोस्तों पार्क कर रही है देख सकते हो आप लोग तो यही सीन है यहाँ का और वो स्क्रीन प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स भी लग चुके हैं और इस पे ये देखो पत्थर भी लगा दिए जा चुका है स्टेयर के भी पत्थर लगा दिए जा चुके हैं इस पर रूफ टॉप का काम किया जा रहा है एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे तस्वीरें देख सकते हो दोस्तों ये देखो सारे में जैसी भी चल रहा है और अभी आपको अंदर लेके भी चलेंगे तो यही वर्क चल रहा है अभी एन सी आर द्वारा देखो ये स्टेयर स्टेयर पे भी पत्थर लगाया जा रहा है इसका रूफटॉप का काम भी किया जाना अभी इस टाइम पे और ये लगी हुई है हमारी एन सी की टीम गाइड जो कि बहुत तेज़ी के साथ में ये वर्क किया जा रहा है तस्वीरें देख सकते हो अब चलेंगे हम इसके अंदर फिर आपको दिखाएंगे देखो इधर भी है रोड बनाया है इन्होंने इस तरीके से और ये सारा नज़ारा है दुहाई डिपो का कहीं देख सकते हो ये अब चलते हैं हम इसके अंदर फिर आपको दिखाते हैं चल के कि क्या छीन है यहाँ का और फिर पता चलेगा आप सभी को दोस्तों ठीक है तो इधर ये घास भी लगा रहे हैं देखो ये घास ये यहां पर ये घास भी लगाई जा रही है और ये प्लेटफॉर्म में और इसके अंदर हम चलते हैं अब और चलने पर देखो ये पत्थर का काम किया जा रहा है इस साइड में इसके अंदर और बाकी तो सारा सा ही हो चुका है आगे देखते हैं कितनी ट्रेनें देखने के लिए मिलती हैं रैपिड रेल कहाँ कहाँ खड़ी हुई हैं वो अभी देखते चल के तो आप लोग बताने दोस्तों के वीडियो कैसा लगा ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो वीडियोस को शेयर करो और नीचे मुझे कमेंट करके बताओ ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना नीचे नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर लो तुरंत बेल आइकन बजा दो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज देखते रहो के संत के चैनल पर गाय तस्वीरें देख सकते हो ये टीम लगी हुई है और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है हमारी एन सी टीम दोस्तों देखो ताप ताप के पर यहाँ पर का तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को दिखाया जाए दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर यह इलेक्ट्रिसिटी इस जगह पे है जहा तक यहाँ पर बिजली दी जाएगी वो इस जगह पे है तो आपको बता दूं दु दो के अंदर काम तो बिल्कुल कंप्लीट सा ही हो चुका है और ट्रेन देखते हैं कहां कहां कहा पे खड़ी हुई है और फिर पता चलेगा हमें हर जगह ही देख सकते है ये एक सामने खड़ी हुई है रैपिड रेल तो ये तो ये खड़ी हुई है, तो ये तो ये खड़ी हुई है। अभी बीच में इसका ट्रायल हुआ था और ट्रायल होने के बाद में दोस्तों देख सकते हो ये कुछ है पर चमक रहा है देखो तस्वे कम्प्लीट हो चुका है ये लगी हुई है देखो ये टीम लगी हुई है इधर की साइड में पूरा आप लोग नजारा देखो यहाँ का तो यही सीन है यहाँ का तो आप लोग बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है अच्छा लगे तो कमेंट करो ख़राब लगे फिर भी कमेंट करो और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर तो आपको बता दोस्तों यहाँ तो सारा काम बिल्कुल कम्प्लीट सही हो चुका है सिर्फ दोहाई डिपो के अंदर देख सकते हो आप लोग जिधर भी आप देखोगे और आपको बता दिया रूफटॉप का, का काम किया जा रहा जो अंडरपास बनाया गया है उसका रूफटॉप का, का काम किया जा रहा है दोस्तों ये देख सकते हो ये सारे में ही अभी यहाँ पर ये यह एन की टीम लगी हुई है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए और बताया जाए तो देख सकते हो यहाँ पर सारे में ही टीम अभी वर्क करते हुए एन सी की लगी हुई है दोस्तों ये देख सकते हो और ये सारे में ही गार्ड पार्ट सारे में ही ये बैठे हुए हैं और देखो एक रैपिड रेल वो खड़ी है और दो इसके अंदर खड़ी हुई हैं दोस्तों इसके अंदर दो खड़ी हुई हैं रैपिड रेल तो यहाँ से तो ये ज़्यादा नज़र नहीं आएगा लेकिन हम चलते हैं उधर की साइड में और फिर देखते हैं कि देखने के लिए मिलती है या नहीं मिलती है दोस्तों जब पता चलेगा तो चलते हैं अंदर की साइड में और फिर आप लोग बताना अगर उधर से देखने के लिए मिल गया तो तो अच्छी बात है मजा आ जाएगा फिर तो बिल्कुल लास्ट तक ले लेकर ले चल रहे है हम आप सभी को तो यहाँ पर दोनों साइड में ये टीम लगी हुई है वर्क करते हुए कंप्लीट करने पे दोस्तों अभी तो इनमें तार भी लगाया जाएगा जो इसका ये है देख सकते हो ये इसके पीछे वाला हिस्सा है सारा तो आगे निकलने के लिए पता नहीं जगह है या नहीं है तो यहाँ पर सारी रैपिड लेल खड़ी हुई है सारी की सारी रैपिड रेल देखो ये खड़ी हुई है दो दो, दो तो तो दो ये रही और एक उधर खड़ी हुई है तीन गाइस तस्वीरें देख सकते हो यहाँ पर जे सी भी लगा हुआ है इधर टीम लगी हुई है बर्क कर रही है तेजी के साथ गाइस। अभी सारे में ही यहाँ पर बर्क चल रहा है सारे में ही देख सकते हो ये यहाँ पर खड़ी हुई है रैपिड रेल गाइड ये देखो इधर भी काम चल रहा है ये सारा अभी बनाया जा रहा है तस्वीरें देख सकते ये दुबई डब्बों की तस्वीरें हैं गाइस, और ये देखो यहाँ पर ये रैपिड रेल खड़ी हुई है इस साइड में आप लोग देख सकते हो तो यही कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है यहाँ पर तेजी के साथ में गाइड तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इधर का भी दिखा दिया जाए देखो रैपिड रेल के नज़ारे और यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ये पिछले हफ्ते इसपे मंडे में इस पर रैपिड रेल चलाई गई है तो उसी का इस पर ट्रायल किया गया था दोस्तों देखो आप लोग कुछ ऐसी है ये रैपिड रेल यहाँ की कुछ दिन पहले ये दोस्तों एक साथ खड़ी हुई थी चार और रैपिड रेल दो अंदर है एक ये और एक सामने खड़ी है बिल्कुल फ्रंट पे तस्वीरें देख सकते हो आप सभी तो मैं चल रहा हूं आप लोगों को लेके तो यहां पर ये अभी कंस्ट्रक्शन वर्क ही चल रहा है इस दवाई की दवाई में गाइस ये देखो यहाँ पर यह खड़ी हुई है और वर्क कर रहे है ये ये देखो टीम वर्क करते हुए इस जगह पर और आप लोग बताना दोस्तों देखो मैं इतनी मेहनत करके आप सभी के बीच में ये वीडियो लेकर आता हूँ और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा केपी संत के चैनल को सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के संत को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस करो तुरंत पहला आइकन बजा दो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर जो कि केपी संत आप सभी लोगों के बीच में लाता रहता है दोस्तों देखो दो रैपिड रेल उधर खड़ी हुई हैं तीन तीन रैपिड रेल अंदर है एक ये है तीन तीन तीन रैपिड रेल तो यही होगी अब यहाँ से हम चलेंगे घूम के दोस्तों तो यहाँ पर ये सारे में ही देखो इधर ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है अभी इस साइड में तो यहीं से हम चलेंगे वापसी दोस्तों तो यही काम था यहाँ का जो मैंने आप सभी को दिखाया दोस्तों ठीक है अब यहाँ पर ये एंड हो जाता है और यहाँ से चलेंगे हम वापसी तो वापसी के लिए ये देखो ये फुटोवर भी, भी फोटोवर बन, बनाया जा रहा है बुक में और देख सकते हो वो रेप ड्रेल खड़ी हुई है अंदर भी यार्ड के और बैचा भी खड़ी हुई है तो आप लोग बताना वीडियो कैसा लगा ठीक है दोस्तों तो चलिए चलते हैं वापसी में और दिखाते हैं चल कर आप सभी को देखो कुछ ये नज़ारे हैं यहाँ के पूरे दुहाई डपो के पूरा क्लियर करके आप लोगों मैंने दिखाया है दोस्तों दो रेपिड रेल के अंदर खड़ी हुई है सेट के एक रेपिड रेल ये है तीन रैपिड रेल तो यहाँ खड़ी हुई है एक फ्रंट पे खड़ी हुई है और दोस्तों बता देना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो वीडियो को शेयर करो कमेंट करके हमें जरूर बताओ नीचे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सभी ने तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे तो प्रेस कर देना तुरंत बेलाइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के पी आप सभी लोगों के बीच में लाता रहता है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत गाय